दिलों के कम हो जाते मैं और तुम घर कम हो जाते तुम क्योंकि तुम बिहार अब तुम बिहार सुंदर अब तुम अरे आशी अब तुम राजा Look, they're not. मैं। ना करा मैं तेलू कह सकती मैं माही रुस गया दूरों दूरों है ना वफा दिल केंदा है रोज रोज़ मनुने च दिस